मैं तो तोरे रूप दीवाना जो रूप देखे मथकर बिंदिया हथ कर चूड़ी झमझम बाजीरा जोड़ी झमझम बाजेदार तुरचू के मन से लगे तो ना, ना बार वो जनम बोचनम तोर खातिर सनम तो मोर दो मोर नजर खोजे सबसे ज्यादा सिंह की भर